प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है आपके पास चार ऑप्शन हैं ए गति का बी समय का सी दूरी का या डी चाल का आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है